हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल मेरी दुनिया आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण क्या है हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा अंग एवं भेद व्याकरण क्या है व्याकरण वो विधा है जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते लिखते एवं समझते हैं उसे व्याकरण कहते हैं व्याकरण के अंक कितने हैं व्याकरण के चार अंग हैं वर्ण शब्द पद वाक्य वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि है ध्वनि हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई है।, वर्ण क्या है अब हम जानेंगे वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं या सुन सकते हैं अगली कक्षा में हम बताएंगे कि वर्ण के भेद कितने हैं उनकी परिभाषाएँ थैंक यू फॉर वॉचिंग धन्यवाद